तो हेलो ग्राइज़ कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो एक कंटेंट और लेकर के आया हूं मैं तो हमारे पास एक सैमसंग का M30 मॉडल है तो उसमें देखते हैं कि लगा हुआ है एफ तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास ये ये हमारे सैमसंग का M30 मॉडल है जैसे कि मैं आपको बता दूँ फ्रेंड तो इसे हम करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि इसमें गूगल अकाउंट एफ लगी है कि नहीं से करते हैं नेक्स्ट तो देख सकते हैं ओके okay, आप यहाँ पे अगर आप जैसे ही देखेंगे तो स्किप का बटन नहीं आ रहा फ्रेंड मतलब इसमें फार लगी हुई है गूगल अकाउंट लगा हुआ है कि जैसे आप इसमें वाईफाई कोई भी कनेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जाकर के गूगल अकाउंट देना होगा फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली ये हमारे पास जो फ़ोन है मैं आपको दिखा दूँ ये हमारे पास फोन एम और फ्रेंड एक चीज़ और कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को जरूर दबा दें इसमें आपको सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी फ्रेंड तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब वीडियो में बने रहें फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड तो सबसे पहले हमें इसका यूट्यूब खोलना होगा तो वीडियो को लास्ट इन तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा फ्रेंड तभी जा करके आपको समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए सबसे पहले हम यूएमटी के माध्यम से हम इसका यूट्यूब ओपन करते हैं देख सकते हैं ओपन यूट्यूब तो हम यहाँ पे बाईपास पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप बाईपास पे क्लिक करेंगे फ्रेंट ये देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे डाटा केबल से रखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग ये हमारा हो चुका है आ, ये देखेंगे अभी तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो फिर से वो मैंने टच कर दिया अलग जगह कोई बात नहीं है फिर से आप उसको बाईपास पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने दूसरी जगह टच कर दिया था फ्रेंट तो बहुत ईजिली तरीके से हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा और जैसे हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा जैसे ही हमारा यहाँ पे कमांड प्रेस हो जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पे अलाउ वाई तो यहाँ पे व्यू कर देना है व्यू जैसे आपने कर दिया तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा YouTube आ गया अब आप वीडियो को लास्ट इंट तक देखिएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ वीडियो को लास्ट इंड तक आप जरूर देखिएगा फ्रेंड तो गाइज़ आपने देखा हमने यहाँ पर यूट्यूब खोल लिया है अब यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट यहाँ पर आपको कर देना है नो थैंक्स अब यहाँ पर आपको गूगल सर्च में जाना है गूगल सर्च में जाने के बाद आपको लिखना है एफ आर फाइल एफ एल सिंपल सा है बहुत जल्दी याद हो जाता है एफआरपी आर पी फाइल पर आप जाएंगे और उसको पहले वाले साइड में आपको जाना है बाईपास गूगल अकाउंट इसमें आपको जाना है पहले वाले साइड में तो जैसे आप पहले वाले साइड में गए तो देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे आप आ चुके हैं और यहां पे सेटिंग वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है तो सेटिंग ओपन सेटिंग में आप से चले जाएँगे ये मैं आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत कम समय में आपकी गूगल अकाउंट एफ आर बाईपास हो जाएगी अब आपको जाना है फ्रेंड अकाउंट एंड बैकअप में जाना है अकाउंट एंड बैकअप में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट स्विच का ऑप्शन आ रहा है जिससे तो आपको कर लेना है डाउनलोड ये मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ फ्रेंड्स सारा चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप आप इसे एम थर्टी और भी कई सारे मॉडल्स में आप इसे अप्लाई कर सकते हो तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वैसे ही ओपन हो जाएगा तो वीडियो को अब लास्ट इंट तक मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखें तो अभी ये जैसे हमारा डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड तो ओपन हो जाएगा फिर आपको एक फ़ोन चाहिए और उस फोन में आपका स्मार्ट स्विच आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे सेम स्मार्ट प्ले स्टोर में जा करके आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे अगर सैमसंग फ़ोन होगा तो उसमें स्मार्ट स्विच ऑलवेज रहता ही रहता है अगर अदरवाइज़ कोई फ़ोन होगा तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जा करके स्मार्ट स्विच आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये देख सकते हैं फाइनली अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है मतलब ये डाउनलोड हो रहा है जैसे डाउनलोड हो जाएगा फ्रंट ये ओपन हो जाएगा तो मैं जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं दूसरे फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने स्मार्ट स्विच डाउनलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है तो ये फाइनली रखते रखते यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं वेलकम टू स्मार्ट स्विच अब यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे अलाउ करने के बाद ये भी देख सकते हैं डाटा हमारा आ चुका है फ्रेंड अब मैं आपको दूसरे फ़ोन का भी दिखा दूँ डाटा फिर उसके बाद मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तो इस फोन में भी देखिए हमारे पास एक फ़ोन है और मैंने भी यहाँ पर स्मार्ट स्विच यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये देख सकते हो अब यहाँ पे आपको गोपे क्लिक कर देना है अब ये प्रोसेस आपको करना क्या है अब आपको डाटा केवल को लगाना है दूसरे में ओ के माध्यम से और यहाँ पर सारा स्टेप आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए मैं डाटा केवल को इन करता हूँ फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड अब आपको यहाँ पे रिसीव करना है और यहाँ पे जाना है गैलेक्सी एंड्रॉयड और यहाँ पे केबल और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंप्लीट है तो एक बार आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि डाटा केबल को निकाल करके एक बार वापस से लगा देंगे तो मैं डाटा केबल को वापस से लगा दिया हूँ तो ये पेयर करेगा देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन आ चुका है तो अब यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डाटा अब जो इसका जीमेल होगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा स्टेप और यहाँ पे भी अलाउ uh, का ऑप्शन आएगा तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसलिए मैं वॉइस के साथ वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ चुका है फ्रेंड अब आपको करना क्या है सबको अन कर देना है और केवल आपको अकाउंट पर टिक करना है फ्रेंड ये देख सकते हैं मैं दोनों ही फोन यहाँ पर पेयरिंग हमारा लगा हुआ है अब आपको सबसे नीचे जाना है और करना है यहाँ पर ट्रांसफ़र तो जैसे आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर भी कॉपी का एक ऑप्शन आएगा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 तो ये हमारा वही मॉडल है जैसा कि मैं आपको दिखा दूं जो आप शुरू से देख रहे हैं तो चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे अभी आ रहा है अभी ये बहुत इजीली तरीके से हमारा हो चुका है बहुत कम समय में तो ये आप स्टेप बाय स्टेप मैं वॉइस के साथ डालता हूँ जिसमें आप कभी भी क्योंकि आप टैप करके देखेंगे तो शायद समझ में ना आए इसलिए मैं ये देख सकता हूँ हमारा बहुत इजली तरीके से हो चुका है हंड्रेड जॉब डन तो प्लीज़ फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्मार्ट टेलीकॉमे साइड में आप देख सकते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जब जरूर दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेंगे तो ये जस्ट अ सेकेंड यहां पर देख सकते हैं हमारा यहां पे फाइनली नेक्स्ट करेंगे जस्ट अ सेकेंड तो मैं आपको लास्ट इंड तक दिखाऊंगा कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड एक्सेप्ट यहाँ पे स्किप कर देंगे स्किप एनीवेज कर देंगे और यहां पे ओके कर देंगे और ये आप फाइनली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 स्किप और यहाँ पे फिनिश तो ये हमारा ऑल डन हो चुका है और जस्ट अ सेकंड फिर से हो रहा है तो अब ये ये सैमसंग का स्टार्टिंग का प्रोसेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल डन हो चुका है ये ऑल डन ओके यहाँ पे डन और यहाँ पे आ, देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो गया है अब हम इसे कर देंगे मिनिमाइज और ये ऑल डन हो चुका है तो फ्रेंड गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो बहुत कम समय में आपका जो ये लगा है आपका सिंपल सा ट्रिक था मैं हमेशा की तरह जो हाईलाइट करता हूँ तो एक हाईलाइट फटाफट कर देता हूँ आपको सेटिंग में जाना था सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना था यहाँ पे स्मार्ट स्विच को डाउनलोड करना था यहाँ पर फिर फोन को भी स्मार्ट स्विच होना चाहिए वहाँ पर भी आप डाउनलोड करके उसके केवल आपको अकाउंट को आ, केवल अकाउंट को आपको यहाँ पे स्विच कर लेना है ट्रांसफ़र कर लेना है और बहुत इजी तरीके से उसका अकाउंट इसमें आ जाएगा आप पासवर्ड डाल करके बस ये आपका जॉब डन हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रिक आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस के साथ अच्छा लगा कि नहीं लगा ये वही फोन है जैसा कि आप देख सकते हो और आप हमारे चैनल में प्लीज़ अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच